नमस्कार मैं हूं शिल्पी सिखनोदिया और आपका वन टेन न्यूज में स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर न सिर्फ इन दोनों देशों पर पड़ रहा है बल्कि इसका नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है यूक्रेन में फंसे हैदराबाद के स्टूडेंट्स भी हैं परेशान तह में छिप बचा रहे है अपनी जाँच वे सब इंडियन गवर्नमेंट ऐसी मदद के लिए कर रहे हैं गुहार हमारे संवाददाता मोहम्मद अनवर की खास खबर मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ कल रात से यहाँ यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है ए, कल कल सुबह से, से, से, से ही चार बजे या कुछ पाँच बजे हमें पता चला कि पुटिन ने हल्ला बोल दिया था जब से बमबारी हो रही है यहाँ पे जिस जिसके आवाज़ से हम लोग सब बोल रहे थे ए, उसके बाद से सात बजे से हम लोग यहाँ इस हॉस्टल के बंकर में सिचुएशन खराब है और बमबारी लगातार हो रही है कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि बमबारी रुक रही है बीच में आधे घंटे का टाइम मिलता है खाना पीना जो भी करना है उसमें वाशरूम जाना है किसी को फ्रेश होना है दो दिन हो गा है नहीं है क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं मिलता आधे घंटे में खाना बनाएंगे में पान आना पड़ रहा है तो वही है और गवर्नमेंट की तरफ से को कोई तो रिप्लाई नहीं है वही है एम्बस नोटिस डालती रहती है कि हाई वैकेशन ट्राई करा रहे हैं ट्राई करें अभी हमारी हमारी साइड से कोई सम जितना सपोर्ट मांग रहे हैं उतना मिल नहीं है और और तो बस यही है कि कंटिन्यूसली बम एयर स्ट्राइक हो ही रही है अगर आप अभी जाओगे ऊपर जाओगे वैसे जाने नहीं दे रहे हमारे जो तो सीनियर वगैरह हैं, फिफ्थ ईयर के सिक्सथ ईयर के वो तो बच्चे रोक रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो सकती है बोम बंकर में स्टे करना है सिक्योरिटी में और तो हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाने दे रहे ऊपर और फिर अगर जाओगे ऊपर तो भी देखोगे तो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है खिड़कियाँ खिड़कियाँ वगैरह हिल रही है और प्रॉब्लम तो है तो ऊपर जा पाएंगे किसी है है है फिर जगह में रहना और होते रहती गिरते कंटिन्यू यहाँ पे तो इतनी तो आवाज़ नहीं आती है लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको आवाज़ी खिड़की वाइब्रेट होती रहेगी डर का माहौल एम्बेसी से दोबारा रिक्वेस्ट है की आप करवाएं बस कुछ लोगों उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वो बॉर्डर पे स्टार्ट पर है पे तो तो है, टोटली साइड पे टोटली हमारी साइड ज्यादा एयर स्ट्राइक वगैरह ज्यादा हो रही है की पता नहीं है कि भाई कब बच जाएंगे जो एक्सप्लोडेड है ऑटोमेटिक वो होता है एक्सप्लोडेड एक्सप्लोशन वाला मेट्रो में मेट्रो में शेल्टर दे रखे हैं लोगों के स्पेस नहीं मिल रहा है लोगों को घर नहीं मिल रहा है, शेल्टर मिल नहीं रहा है कहाँ पर जाए मेट्रो में भरे पड़े से हैं? क्या का जब पूछा तो नोटिस डाला थाट करवाएंगे करवाएंगे कल डाला था इन्होंने शुरू तो जब से बोमबारी उसके बाद से इंडियन ऑफिस इंडियन एम्बेसी ने नोटिस डाला था कि किएगी लगेगी लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई एक दिन हो गया पूरा हमें बंकर में रहते हैं हम लोग रात पूरी बंकर में गुजारी है बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे टाइप हो रही है ना सामान राशन पानी को लेकर आना होता है वे के नहीं ला पा रहे पानी की जो इलेक्ट्रिसिटी मशीनें लगी हुई हैं उनमें भी पानी भी पानी और सुबह मार्केट भी सारे खाली लिए सब खत्म हो गए कोई स्टॉक नहीं कुछ अब जाने बाहर जा नहीं जा पा रहे हैं खाने की समस्या भी नहीं रही वैकेशन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो तो हमारी किस्मत है कि इंटरनेट चल रहा है अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या कुछ क्या कर लेंगे कुछ बात नहीं हो पाएंगे थोड़ा बस